हेलो फ्रेंड मैं सचिन फ्रेंड मेरे चैनल एस के आर टैकवर्ड में आपका बहुत स्वागत है फ्रेंड इस वीडियो में आप देखेंगे कि अगर आप अपने आधार कार्ड में कुछ अपडेट कराना चाहते हैं और आपके पास कोई डॉक्यूमेंट नहीं है तो फ्रेंड फिर भी आप उसको अपडेट कैसे करा सकते हैं फ्रेंड उसके लिए आप सेल्फ डिक्लेशन फॉर्म हैड ऑफ फैमिली यह आधार कार्ड में न्यू लॉन्च हुआ है फ्रेंड इसके थ्रू भी आप करा सकते हैं मीन्स फ्रेंड आप अपने किसी फैमिली मेम्बर जैसे कि अगर आप बेटे हैं तो आप अपने पापा का आधार कार्ड के बेस पे एक फॉर्म फिलअप करेंगे उस फॉर्म को फिलअप करके भी आप अपने आधार कार्ड में डी अपडेट करा सकते हैं एड्रेस अपडेट करा सकते हैं बिना किसी डॉक्यूमेंट के तो फ्रेंड इस वीडियो में मैं आपको बताऊँगा कि आप वो फॉर्म कैसे भरें के साथ ये भी देखेंगे कि इस फॉर्म को डाउनलोड कैसे करें फ्रेंड वीडियो अगर अच्छा लगेगा तो उसको लाइक करना कोई भी उससे रिलेटेड आपकी क्वेरी हो आप कमेंट जरूर करना मैं आपको रिप्लाई करूँगा और आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं यह है फ्रेंड सेल्फ डिकलेशन फॉर्म हेड ऑफ फैमिली फ्रेंड यहाँ ऊपर की तरफ आपके फादर का नेम आएगा उसके नीचे की तरफ उनका एड्रेस आएगा और उसके नीचे की तरफ उनका आधार नंबर आएगा अब फ्रेंड इस नीचे वाले ऑप्शन में आपका नेम आएगा आपका आधार नंबर आएगा और आपका अपने फादर के साथ क्या रिलेशन है मीन्स आप यहाँ सन लिखेंगे या डॉटर लिखेंगे अगर आप वाइफ हैं तो सबसे ऊपर की तरफ आपके हस्बैंड का नेम आएगा उसके नीचे उनका एड्रेस आएगा और उसके नीचे यहाँ पे उनका आधार नंबर आएगा इसी तरह से नीचे यहाँ आपका नेम आएगा आपका आधार नंबर आएगा और आपका उनके साथ क्या रिलेशन जैसे है जैसे कि अगर आप वाइफ हैं तो यहाँ वाइफ आएगा उसके नीचे वाले ऑप्शन में यहाँ पे आपका नेम आएगा फिर उसके नीचे वाले ऑप्शन में भी यहाँ पे आपको अपना नेम ही लिखना है अब नीचे की तरफ नेम एंड सिग्नेचर ऑफ हेड ऑफ द फैमिली इसमें जिसके बिहा पे आप ये फॉर्म भर रहे हैं उसका नेम आएगा और उसके सिग्नेचर आएंगे जैसे कि आप बेटे हैं या बेटी हैं तो आपके पापा का नेम आएगा और उनके सिग्नेचर आएँगे फ्रेंड इस फॉर्म को वही भरेगा जिसके बिहा पे आप फॉर्म को भर रहे हैं आप सनी या डॉटर हैं और आपने पापा के भी आप इस फॉर्म को भर रहे हैं तो आपके पापा ही इस फॉर्म को भरेंगे और यहां पे अपने नेम और सिग्नेचर करेंगे यहां फ्रेंड डेट वाला ऑप्शन है जिस डेट में आप इस फॉर्म को भर रहे हैं यहां वो डेट आएगी फ्रेंड ये फॉर्म जो है जिस डेट में आप इस फॉर्म को भर रहे हैं उससे तीन महीने के लिए वैलिड है अगर तीन महीने में आपकी डी एड्रेस या जो भी आप चेंज कराना चाहते हैं वो चेंज हो जाता है तो ठीक है वरना फिर आपको दोबारा से इस फॉर्म को अप्लाई करना होगा इस फॉर्म को डाउनलोड करने के लिए फ्रेंड आप गूगल क्रोम पे जाएंगे यहाँ लिखेंगे सेल्फ डिकलेशन फॉर्म एच ओ एफ यू आई डी ए आई पी करके सर्च करेंगे ये यह फ्रेंड यहाँ पे यूआईडीआई की साइट आ गई इसको ओपन करेंगे ये डाउनलोड करने के लिए कह रहा है पीडीएफ डी सिलेक्ट करेंगे ये इस तरह से फ्रेंड आपके सामने आ जाएगा नीचे की तरफ आएँगे यहाँ फ्रेंड आप देख रहे हैं ये फॉर्म आपका ये यह यहाँ पे आ गया है तो फ्रेंड इसी फॉर्म को आपको भरना तो है स्कैन करके बिना किसी डॉक्यूमेंट के आपको अपना डी या एड्रेस जो भी आधार कार्ड में अपडेट कराना है वो आप करा सकते हैं